नमस्कार आपका एन पब्लिक भारत पर स्वागत है आप देख रहे हैं एन पब्लिक भारत आज हम आपको दिखाएंगे आज की सबसे बड़ी खबर उगते सूर्य को अर्घ देकर महिलाओं ने 36 घंटे के व्रत का किया पार तस्वीर आस्था और विश्वास के पर्व छठ पर सोमवार सुबह प्रति महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ मैया की पूजा की और व्रत का पारण किया लखनऊ में घोमती के घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया था सूर्योदय के पहले ही प्रति महिलाएं दूध और पानी लेकर तैयार हो गई थी और सूर्योदय होने पर अर्घ देकर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की इसके साथ ही उन्होंने शनिवार को खरना के साथ शुरू हुए छत्तीस घंटे के व्रत का भी पारण किया गोमती के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे भीड़ के प्रबंधन के लिए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए थे बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे इसी दौरान गोमती के घाटों पर लोकगीत गूंजते रहे और छठ मैया के जयकारे लगे सुनली अर्जिया हमारे ए छठी मैया लिहली अर्घिया स्वीकार ए छठी मैया का बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए जैसे लोकगीत छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए समय समय पर प्रदेश सरकार के मंत्री अफसर आते रहे जिससे की आमजन को कोई मुश्किल ना आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों पर नजर रख रहे थे शनिवार को पर्व की तैयारी को लेकर उन्होंने अफसरों के साथ बैठक की और निर्देश दिए थे